Hey guys, yes, है गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से एस आबू आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज एक ब्लॉक होगा सिर्फ ट्राईपोट के ऊपर तो मैंने एक ट्राईपोट ऑर्डर बुक करवाया था और आज फाइनली आ चुका है मैंने शॉपी से ही ऑर्डर बुक करवाया था टू सॉरी वन में तो देखिएगा ट्राईपोड का कितना क्वालिटी है तो आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को दिखाऊंगा तो चलिए लेके आते हैं ट्राईपोट अनबॉक्सिंग बहुत ही अच्छा होगा अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को चलिए वीडियो को करते हैं शुरू तो गाइस मैं अभी जा रहा हूं ट्राईपोर्ट को लाने के लिए आप लोग देखिएगा वीडियो में तो गाइस मैं ट्राईपोर्ट इसलिए ख़रीदना चाहता था क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चे को लेकर शॉर्ट वीडियो मूवी वगैरह करता हूँ मेरा और भी एक चैनल है तेजपुर बीकेसी अगर आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक है डिस्क्रिप्शन पर आप लोग जा, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आ, मैं अभी जा रहा हूँ ट्राईपोट को लाने के लिए तो चलिए चलिए गाइज मैं दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ ये देखिए मैं अभी घर के पास हूँ मुझे कुरियर ने कॉल किया है अभी मैं जा रहा हूँ और देखूँगा कैसा है ट्राईपोट ट्राईपोर्ट आ गए हैं तो मैंने आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि देखूँगा कैसा और कैसा क्वालिटी भी रहेगा वो सब आप लोगों को मैं इस वीडियो के द्वारा शेयर कर शेयर करना चाहता हूँ तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा स्किप ना करके आइए आगे तक देखते हैं तो गाइस आज बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ ट्राईपुट अनबॉक्सिंग तो देखिएगा सो गाइस मैं अभी ये देखिए ये देखिए आप लोग ये ट्राईपुट मैंने लेके आया अभी तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं इसको वीडियो में बने रहिएगा हाँ तो गाइस मैं अभी इसको करने वाला हूं अनबॉक्सिंग तो आप लोग देखिएगा कि इसके अंदर कैसा है तो चलिए इसको करते हैं अभी अनबॉक्स खोल खोल भाई भाई खोल जा तो गाइस आप लोग देखिएगा ये देखिए इसके अंदर भी एक एक कार्टन या कबार भी है तो इसके तो इसको मैं अभी इसको फेंक देता हूँ तो इसके अंदर भी एक अभी जो है इसके अंदर ट्राईपोट है ट्राईपोट तो ये ट्राईपोट आप लोग देख ही सकते हैं और इस पर क्या क्या फ्यूचर है ट्राईपोड थ्री वन वन ज़ीरो और इसको थ्री वे हेड और बिल्ड इन लेवल और क्या क्या वो वगैरह है तो मुझे मालूम नहीं और मैं अब इसको करती हूँ अनबॉक्स तो इसको कैसे खोले आ ये देखिए और इसके अंदर भी है एक बड़ा सा यानि कि ब्लैक कवर के पॉलिथीन ये देख ही सकते हैं आप लोग तो इसके अंदर जो है वो है इसके अंदर क्या है आप लोग कमेंट करिए इसके अंदर ये है ये और इसके अंदर ट्राईपोट तो ये देखिए 194 में मुझे ये मिला अगर आप लोग भी इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा आप लोग वहां पर जाके विज़िट भी कर सकते हैं और इसको देखिए ये बहुत ही अच्छा है ये और इसके ऊपर क्या है ये देखिए ये लंबा भी होगा गाइस ये लंबा भी होगा तो आइए इसको लंबे करके देखते हैं चलिए तो गाइस मैंने इसको लंबा कर लिया और आप लोग ये देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा है ये ये देखिए और ये और कई सारे फ्यूचर दिया है और ये देखिए रोटेट भी होगा ये, ये देखिए गाइस और इस पर लॉक भी कर सकते हैं आप लोग तो यही एक यपोट है और अभी जो मैं एक्शन वग़ैरह वीडियो बनाऊंगा तो इस ट्राईपोट से ही बनाऊंगा तो गाइस इसके साथ साथ आप लोगों को एक मोबाइल होल्डर भी देगा क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर लगाकर आप लोग वीडियो वगैरह कर सकते हैं ये देखिए कमेंट करके बताइए कि के कैसा लगा आप लोगों को और देखिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वहां पर जा आप लोग विज़िट भी कर सकते हैं सो आज का वीडियो यहां पर यहीं पर ही ख़त्म करता हूं और अगर मेरे चैनल पर कोई नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे तक मैं वीडियो बनाते रहूंगा अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आप लोगों को वीडियो बना बना के दिखाते रहूंगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो आज का वीडियो यहां पर ही ख़त्म करता हूँ बाय